नमस्कार मैं पंकज आप सबका स्वागत है ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24 सी ट्वेंटी फोर सेवन में आज हम खड़े हैं चर्च रोड पे जहाँ पे उन्नीस सौ 31 मार्च 21 मार्च से लगातार अब तक ग्रहों के राजा सूर्य भगवान का पुत्र सनी देव का पूजा होता है बहुत ही धूमधाम से इतना आकर्षणीय पूजा आपको प्रतीत होगा जैसे कि आप दुर्गा पूजा घूमने आए हैं तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए शनि भगवान का पूजा ओम श्री शनिचराय नमो नमः सूर्य देवाय नमो नमः ओम श्री हनुमते नमो नमः धन्यवाद ये पुझा, ये पूजा, पूजा का उपलक्ष्य तो है ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का ग्लोबली न्यूज़ अपडेट्स और बीबीसी 24 7 में पंकज आप सभी को स्वागत करते हैं तो मैं जानना चाहूंगा शनि तो के के मंदिर का वार्षिक पूजा है जो शनि मंदिर 1986 एक्स थर्टी फर्स्टीन एक्स थर्टी फाइव में थर्टी मार्च में ये मंदिर प्रतिष्ठा हुआ था तब तो तो तो तो मेरा पिताजी स्वर्गीय प्रवीण चक्रवर्ती उनका फोटो है हुआ थे तो ये पूजा उन वो करते थे और महाराज जी को बहुत सेवा करते थे ऊपर से बाबा खिचड़ी बनाता था, था और खिचड़ी बना के आदमी को खिलाते थे ठीक है तो वही 1986 एटी से उन्होंने यहाँ पर पूजा करता था तब का जवाना में पांच पैसा दस पैसा करके पन्ना भी पड़ता था तो बाबा एक्चुअली तो के पूजा करता था और जो पैसा उठता था उससे खिचड़ी बना के खिला देता था भोग बनता था बना के खिलाता था ऊपर से पूजा भी करता था तो हम लोग को ये बहुत अच्छा लगता था ये पारा का का सिलीगुड़ी का आदमी को बहुत अच्छा लगता था तो ये पूजा सबको इंजॉय करता था तो लास्ट लास्ट 2003 साल में ये पूजा जब हम जब लिया महाराज जी के आशीर्वाद में तब से महाराज जी को बोला था मैं जो ये पूजा में सुबह से ले रात तक आदमी को से मतलब भंडारा खिलाने से बहुत अच्छा लगेगा तो तब तीन रुपये का पूजा होता था तो महाराज जी का सही में महाराज जी का जो दया है महाराज जी का दया से आज सुबह से ले रात तक ये सौ के जी सब्जी और ८०० सौ के जी चावल डाल का खिचड़ी भंडारा हुआ ऊपर से आप जो देख रहा है जो एक तो पंडाल लाइट दुर्गा पूजा जैसा महल सारा सिलीगुड़ी का आदमी इसमें मतलब उपभोग करता है सबसे अच्छा लगता है जो ये पूजा में हम लोग का यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट बोल के कोई बात नहीं मारवाड़ी बिहारी बंगाली बोल के भी कोई बात नहीं सभी इस पूजा में इतना आनंद लेता है जो ये महाराज जी का एक तो दया है ये अपना चाचोट का एक तो स्थान है इसको हम लोग टिका के रखे है तो ये कितना साल ये पूजा जो है कितना नंबर हो गया ये देखिए 1986 एटी थर्टी फर्स्ट मार्च में ये मंदिर प्रतिष्ठा हुआ था उस समय से अभी तक एकदम कंटिन्यू, बासरिक उत्सव बहुत धूमधाम से माना जाता है यहाँ का व्यवसायी बोलिए काउंसिलर बोलिए अब प्रशासन बोलिए या म्यूनिसिपाल्टी बोलिए सभी इसमें मतलब सहायता करता है और बहुत आदमी इसमें इंजॉय लेता है ये पूजा यहाँ पे प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में ही होता है मार्च महीना का लास्ट जो शनिवार है उसमें होता है अच्छा जो जो जानते हैं भगवान का एक पूजा बेंगोली में होता है बारे में ये एक्चुअली हम लोग का में सब घर में घर घर मतलब करता है और भी बहुत मंदिर में करता है हम लोग भी करता हूँ हम लोग का यहाँ पर खासियत है जब लॉकडाउन था लॉकडाउन में ये मेरा दादा प्रदीप चक्रवर्ती का आ गया मेरा दादा प्रदीप चक्रवर्ती लॉकडाउन में जब दस आदमी घर से नहीं निकलता था तब भी हम लोग महाराज जी का बास्विक पूजा किया, किया प्रशासन से आया तो तीन ढाकी चार ढाकी से दस फीट दूर डिस्टेंस करके भी हम लोग पूजा एकदम किया, किया।, एक किया। अच्छा, ऐसे समय में दादा देशवासी और आपका शहरवासी को भी कोई संदेश देना चाहेंगे हम देशवासी इंडियन आर्मी क्या ठीक है एक बात हम बताते हैं अगले साल मार्च 2024 से पहले ये दादा बहुत मेहनत आदमी इनको शादी हम करा के छोटे मेरा हम लोग चाहते हैं जो चाहते हैं जो एक्चुअली हम लोग का ये चाचरो जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यवसायी का एक्चुअली कॉमर्शियल एरिया है यहाँ पर ऐसा कोई अनुष्ठान होना मतलब बहुत बड़ा बात है जो इतना जाम रहता है और सब आदमी खाली बिजनेस लेके सोचता है यहाँ पर बाबा का देन से महाराज का दया से जो हम लोग का जो ये जो आनंद मिलता है ना यही हम लोग का लिए सबसे बड़ा ऊपर है जो इसमें सब आदमी सेलिब्रेट करता है आपने अभी अभी जो विसर्जन किया गंगा मैया को तो ये क्या था थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए ये, ये एक्चुअली बास्तरिक पूजा है जी जी बास्तरिक पूजा में महाराज जी का जो पूजा होता है वो घाट विसर्जन कर देना पड़ता है बारह बजे के पहले अच्छा। रात बारह बजे के मतलब पहले कर देना पड़ता है एक्चुअली जो मंदिर में जो पूजा होता है वो भी घट पूजा का बाद में विसर्जन होता है मगर ये घट एक तो बात्सरिक पूजा का घट जो अलग से बैठा था इसको विसर्जन इसलिए इस टाइम में दे दिया चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शनि भगवान सब पे कृपा करें सब, सब पे कल्याण करें कल करे। धन्यवाद धनबोली और बीबीसी चैनल को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दादा